चैन मिले जो कुटिया में न महल वो कोठी में जरा खा के जरा खा के जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में चैन मिले जो कुटिया में न महल वो कोठी में चैन मिले जो कुटिया में मलब पोटी में जरा खा के जरा खा के जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत के रोटी में, में। जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में बकर का हंसी उड़ाया जनक राज पछताया का हंसी उड़ाया जनक राज पछताया तो क्रोध में आके बोले ऋश्वर नीच का सभा बुलाया क्रोध में आके बोले ऋश्वर नीच का सभा बुलाया भूल न जाना बड़बड़ गुनवा भूल न जाना बड़ बड़ गुना फटल लंगोटी में भूल न जाना बड़ बड़ गुनमा फटल लंगोटी में जरखा के जरखा के देखो बड़ा मजा में नत के रोटी में चैन मिले जो कुटिया में न हल वो पोठी में चैन मिले जो कुटिया में नम हलवो कोठी में जरा खा के जरा खा के देखो बड़ा मजा है नत की रोटी में जरा खा के देखो बड़ा मजा में नत की रोटी में सब है ईश्वर अंश जग में सबके अंदर ईश्वर है सब है ईश्वर अंश जग में सबके अंदर ईश्वर है पग पग दिल पे ठोकर मारे अला बुरा पर मे स्वर है सबके दिल में ठोकर मारे भला बुरा पर मे स्वर है आम कब है जैसे सिमटा आम कबरी है जैसे सिमटा आम के आठी में आम कबरी है जैसे सिमटा आम के आठी में जरा खा के जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत के रोटी में जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत के रोटी में चैन मिले जो कुटिया में न महल कोठी में चैन मिले जो कुटिया में न महलव कोठी में जरा खा के दर खा के, दे तो के, के देखो बड़ा मजा मेहनत के रोटी में जरा खा के देखो तो बड़ा मजा मेहनत के रोटी अभी समय है जन्म सुधारो अभी समय है जन्म सुधारो मन को बांधो भक्ति से अभी समय है जन्म सुधारो मन को बांधो भक्ति से संत की बात हृदय में रखो मुहना फेरो भक्ति से संत की बात हृदय में रखो मुह न फेरो भक्ति से बहुत कीमती समय गंवाया बहुत कीमती समय गंवाया था पगोटी में जर खा के जर खा के देखो बड़ा मजा मेहनत थी रोटी में चैन मिले जो कुटिया में हम वो कोठी में चैन